घेर सर्दी लाभ गिर ये सर्दी मा में गिर आयो बत डोमर गी दवा दरा कार्ड जाया थोड़ा मगत सा डोमर गी दवा दरा कार पपी ले गर मेरा यागी गरम दिल दोसर लेवा घर मिल लागी गरम दिल दस थी छोरी तेरु के मेरे सिर वाए मर लिया गोडियार दो सोल लिया देने घर सिरवाए मर लिया I got it.